हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्वागत आप सबका आज की नए वीडियो में तो वीडियो का थंबनेल दिखकर आप लोगों का एक्साइटमेंट मीटर शायद लेवल तोड़कर बाहर निकल गया होगा तो इस वीडियो में आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने वाला हूँ जो इंडिया में कल रात ही आई है और ये ऐसी खुश है जिसका लाखों करोड़ो फैंस बेसबरी से इंतजार करते हैं तो चलिए आपकी एक्साइटमेंट खत्म करते हैं और देखते हैं आर्मी के लिए क्या है बिगेस्ट न्यूज जिसका पूरी दुनिया को इंतजार होता है, उस चीज़ कल इवनिंग में कर दी है। तो रिकॉर्ड बीटीएस और उनके एक ऑफिशियली कम सीजन है और कल संडे इवनिंग को एक्साइटमेंट की चिंगारी ने अपने आगोश में ले लिया और इस न्यूज को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए तो यकी नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता था की अभी इस न्यूज को सुनने में टाइम बाकी था लेकिन बी ने अपनी आर्मी को खुशखबरी देने में देर नहीं की सरप्राइज दे डालाइट तो ग्रुप विच इंक्लूड ने अपनी जो भी तो धमाकेदार सक्सेस के बाद पूरी दुनिया अपनी निगाह अगली एलबम आरोप बिछाई बैठी थी और कल संडे इवनिंग बी टी एस ने अपनी इस अपमिंग एल्बम का अनाउंसमेंट कर दिया जिसका टाइटल बी रखा गया है तो करतेम की कुछ डिटेल्स के बारे में बातिसिपेट एल्बम कोरिया में 2 नवंबर ट्वेंटी को रिलीज किया जाएगा और इंडिया में इसकी रिलीज डेट नवंबर सुबह साढ़े दस यानी 10:30 थर्टी रखी गई है। तो इस हाईली एंटिसिपेटेड एल्बम की प्री ऑर्डर इंडिया में आज सुबह यानी 28 सितंबर 7:30 थर्टी से स्टार्ट हो गए हैं। तो इस न्यू एलबीलेक्स एडिशन में आपको बी स्टाइल का अभी तक का सबसे ज्यादा म्यूजिक मिलने वाला तो है बी टी की ये लेटेस्ट स्टोरी शुरू होती है उनके अनाउंसमेंट ऐसी तो ये अनाउंसमेंट कुछ इस तरह रही जिसमें उन्होंने कहा कि इस न्यू नॉर्मेलिटी के टाइम में भी हमारी लाइफ कंटिन्यू चल रही है विच इज आवर लाइफ गोज ऑन और अपने फैंस और दुनिया को ये मैसेज दिया कि इन सभी प्रॉब्लम से जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और सब हील हो जाएगा और बीटीएस लेवलटेनमेंट का कुछ इस तरह ने बोला की बीटीएस का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है न सिर्फ म्यूजिक में बल्कि कॉन्सेप्ट कम्पोजिशन से लेकर डिजाइन तक बी टी एस का हर चीज में गहरा इन्वॉल्वमेंट रहा है इस एल्बम को देखते और सुनते वक्त आपको बी के थॉट इमोशन और डीपेस्ट रिफ्लेक्शन डिस्कवर करने को मिलेंगे तो केप ऑफ ने पहले हिंट दिया था कि इस एल्बम को साल के सेकेंड हाफ में रिलीज किया जाएगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिमिन ने भी ये बताया था कि इस एल्बम का अभी तक का हमारी पिछली सारी एल्बम से ज्यादा पार्टिसिपेशन रेट है और ये सही भी है क्योंकि बीटीएस मेंबर्स यूट्यूब लाइव, सोशल मीडिया अपडेट के थ्रू अपने फैंस को अपने आइडियाज और प्रोसेस को शेयर करते रहे तो बी टी के इस साल रिलीज हुए एल्बम मैप ऑफ द सोल सेवन को फॉलो करेगी और इस साल की रिकॉर्ड ब्रेकर और बिलबोर्ड हॉट हंड्रेड के नंबर वन सॉन्ग डायनामाइट को भी फॉलो करेगी और बी की सेवेंटी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दी गई एक मूविंग मैसेज, का इम्पैक्ट भी इस एल्बम में आपको देखने को मिलेगा तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि यह एल्बम बीटीएस के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े और एक नया रिकॉर्ड बनाए तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी जितनी ही खुशी हुई हो अगर थोड़ी भी खुशी हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना वह बोलना चैनल को सब्सक्राइब करना वह बोलना थैंक्स फॉर वॉचिंग